पंद्रह शामान के सिलसिले में चार बातें सही हैं जो हमें जान लेनी चाहिए पहली चीज़ ये किल्ला सुबहान हमें इस रात में जितनी तौफीक दे दे उतनी हम घर में बैठ के इनफ़रादी अमल करें इबादतें करें पता नहीं आज की इस रात को हमने क्या बना लिया शोर शराबे की रात बना लिया हंगामे की रात बना ली गुंडागर्दी वाली रात बना ली है खाते पीते कब्रस्तान में जमा होते हैं सब औरतें है, सब जा रही हैं तो ये सब बेकार के काम हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है हमें क्या करना है घर में बैठ के नफिल नमाजें पढ़ना उसके लिए कोई मखसूस तरीका हमें नहीं ईजाद करना और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरी रात नफिल नमाजें पढ़ना अला सुबह तारा हमें जितनी तौफ़ीक दे तो उतना बस खाली एतबादे करना अब दूसरी चीज़ क्या है रोज़ा रखना यह मुस्तक है तीसरी चीज़ क्या है अपने लिए और अपने मरहुमीन के लिए और पूरी उम्म के मरहुमन के लिए दुआएँ मुख़रत करना उसके लिए हमें ये नहीं कब्रुस्तान में जाना ज़रूरी है हमें यहीं से बैठ के उनके मरहुम के लिए दुआ करना है एक बार साबित भी है हज़ू अकरम अलैहि वसल्लम रात में कब्रिस्तान गए थे लेकिन हजरत आयशा को पता चल गया था हजरत आयशा भी पीछे से आपको ढूंढ रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर गए हैं लेकिन उन्होंने इस रात में जाने का हुक्म नहीं दिया वो भी एक ही बार गए हर साल नहीं गए उनका ये भी अमल हर साल नहीं रहा तो हमें भी क्या करना है अपने मरकूबीन के लिए दुआ करना तीसरी चौथी चीज़ क्या है चौथी चीज़ यह है कि जिन दो शख्सों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो वो क्या कर लें इस रात में सुलह सफाई कर लें वरना उनकी बख्शिश नहीं होती ये ज़ैफ़ हदीसों से साबित है